हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और जो अपनी किसी ना किसी खासियत के लिए समूचे देश में जाने जाते हैं इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सांपों का किला कहा जाता है हम जिस किले के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पन्हाला दुर्ग जिसे पन्हालगढ़ पनाला और पहाला आदि नामों से भी जाना जाता है यह किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यूँ तो ये छोटा सा शहर और हिल स्टेशन है लेकिन इसका इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है शिवाजी से जुड़ा है इसका इतिहास ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये किला यादवों बहमनी और आदिल जैसे कई राजवंशों के अधीन था लेकिन सोलह ईस्वी में इस पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया कहा जाता है कि शिवाजी महाराज बनहाल किले में सबसे अधिक समय तक रहे थे उन्होंने यहां 500 से भी ज्यादा दिन बिताए थे बाद में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था इस दुर्ग को सांपों का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी है यानी यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो इसी किले में तीन मंजिला इमारत के नीचे एक गुप्त रूप से बनाया गया कुआ है जिसे अंधार बावड़ी के नाम से जाना जाता है माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था इसके निर्माण की वजह ये थी कि आदिल शाह का मानना था कि जब भी दुश्मन किले पर हमला करेंगे तो वो आस के कुओं या तालाबों में मौजूद पानी में जहर मिला सकते हैं